हेलो भाई वेलकम टू माय टूब चैनल तो आज हम एक और इकोन्यू गेम पे ले वीडियो के साथ आ चुके हैं और आप देख रहे हैं बिग लेजेंड हैंगामी और मेरा नाम है अनुज और हम आज आ चुके हैं एक और इकोन्यू गेम पर वीडियो के साथ शॉर्ट वीडियो पर तो वीडियो को शुरू से एंड तक वाच करना हो और इसमें हमने किया गाड़ी पर एयर ड्रॉप ले जाने की कोशिश किया तो देखते हैं गाड़ी पर एयर ड्रॉप वो भी ऊपर लहने करके ले जा सकते हैं कि और हम उतर चुके हैं यहाँ पता नहीं ये लोकेशन को पता नहीं है और इसी तरीके से कुछ को डाउन करने के बाद हम एक गाड़ी पकड़ते हैं और चलते हैं एयर ड्रॉप के हमारा मिशन को कम्प्लीट करना और बहुत ढूंढने के बाद एयरड्रॉप हमको फाइनली मिल गया था तो हम यहाँ से मेरे टीम को मैं उतार देता हूँ और यहाँ एयरड्रॉप पे सही व्यवस्थित तरीके से दबा देता हूँ तो देखते हैं हम यहाँ से एयरड्रॉप ले ला पाते कि नहीं और इस बात और एक सब्सक्राइब करके बेल नोटिकेशन ऑल पर शेयर कर दो हमारे यहाँ ही वीडियो देखने के लिए इंटरेस्ट और एयर ड्रॉप और फाइनली एयर ड्रॉप ऊपर से गिर गया दोस्तों तो तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिकेशन पर शेड करें मिलते हैं